यू एग्जाम पास करने के बाद ही आई और आईपीएस अधिकारी बनते हैं टॉप रैंकर्स को आई पद मिलता है लेकिन वो अपनी प्रेफरेंस पर आईपीएस भी बन सकते हैं ऐसे में कम रैंक वाले आई और अधिक रैंक वाले आईपीएस भी बन सकते हैं आई और आईपीएस के लिए चुने जाने वाले कैंडिडेट्स की शुरुआती ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स ऐसी होती है तीन महीने बाद आई अधिकारियों को हैदराबाद ऐसी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकाडमी भेज दिया जाता है आई और आई दोनों की जिम्मेदारी और शक्तियाँ बिल्कुल होती है आई एस अधिकारियों को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिव्यांसेज एंड पेंशन नियंत्रित करती है वहीं आई पी एस केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है आई अधिकारी का वेतन आई अधिकारी की तुलना में ज्यादा होता है एक क्षेत्र में केवल एक आई अधिकारी होता है जबकि एक क्षेत्र में आई अधिकारी की संख्या जरूरत के अनुसार होती है कुल मिलाकर पद और वेतन के मामले में आई अधिकारी आई अधिकारी ऐसी ऊपर माने जा सकते हैं जानकारी को शेयर करे वीडियो को लाइक करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले थैंक्स फॉर तो वॉचिंग